एक नाम हर रात याद आता है कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है सोचते हैं कि कर ले दूसरी मोहब्बत फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है